माता जगदम्बा के बंदन गरणों में मुने के ना जगदम्बा के बंदन गरणों में मुने के बरमानी हो तू ही सिमानी तू ही हो माता जगत कल्ला तू ही बरमानी हो तू ही सिमानी तू ही हो माता जगत कल्ला मैया के मंदिर में मैया के मंदिर में गीत जला चरणों में मुने के ऐसे नवा माँ जगदम्बा के बंदन गाम चरणों में मुने के ऐसा जनजन में सठी तेरी कृपा से मैया मिलती है भगवती तू ही से मिलती मैया जनजन में सठी तेरी कृपा से मैया मिलती है भगती मैया घर पे के मैया के दर दर्शे आज दर्शन पाम चरणों में मुने के नाम माचक दम बा जगदम्बा के बंदन गामू चरणों में मुने के नाम। तेरे दर्द मैया कोई जाता न खाली भक्तों की भरती मैया हर बार धो तेरे दर्द मैया कोई जाता न खा भरपू मैया हर भर भूमिक मैया के आगे दशोक मैया के आगे शीतन माम करेनों में आके माँ जगद बंदन गाम चरणों में मुने के